हेलो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दो हज़ार का एग्जाम का तैयारी कराने जा रहे हैं इस वीडियो के देखिए अभाज्य गुणनखंड का मौसम और लौसम निकालें जिसमें यह क्वेश्चन नंबर वन देखिए बनाते हैं क्वेश्चन है, है छहत्तर कौमा एक सौ बीस इसको एल्सन भी कहते हैं अभाजी गुल्ड का जाता है अलग अलग इसको कर देंगे देख, चलिए बनाते हैं दो इसका एल्शियम करेंगे दो से अधिया करेंगे तो तीन और इसको करेंगे तीन से एक इसको करेंगे दो से करेंगे तो छत्तीस और इसको भी अधिया करेंगे अठारह इसको दो से करेंगे तो नौ इसको तीन से करेंगे क्योंकि इसमें अभी नहीं है इसी प्रकार यही बनाना है बना के बताते हैं बना लिए और इसको बैठाते है हैं सूत्र पर चलिए देखते हैं छ है बहत्तर है एक सौ बीस है इसको बैठाते हैं सूत्र पर छ बराबर है दो और तीन इसको इनटू टू में ले जाएंगे दो इंटू थ्री और बहत्तर की बराबर एक दो तो तीन इसका तीन गो है इसका दो गो है फिर इसी प्रकार भी तीन गो है और दो गो है इसलिए इसको देखिए दो इंटू दो इंटू दो इंटू थ्री इंटू थ्री एक सौ बीस का देखिए एक सौ बीस का इनटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू थ्री इंटू फाइव इसको नौ और नौ सौ निकलना है तो इसलिए मौसौ बराबर छ नौ कैसे निकलेगा इसे देखिए ये दो है ये दो है ये दो है तो एक लग मिल गया इसलिए बराबर मिल गया है इसलिए नहीं मिला है सिर्फ तीन है, है तो ये दो है तीन है दो ननों है इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ दो मिल गया यहाँ टू लिखा जाएगा इन देंगे। तीन का इसलिए पचास है अब नौ सौ निकालेंगे नौ सौ बराबर जिसमें ज्यादा अंक रहे जैसे कि एक सौ बीस में भी बराबर अंक है दो दो और बहत्तर में भी है दो दो बराबर तीन को दो और एक सौ बीस में ही है ये तीन दो ई वाला हम लिखते हैं चाहे ई वाला लिखते हैं दो इंटू दो इंटू दो इंटू हम थ्री लिखते हैं दो को दो इंटू दो थ्री इंटू थ्री इंटू, इंटू एक फाइव है तो फाइव को यहाँ लिख देंगे बराबर इसको गुना करेंगे तो गुना किया तो तीन सौ साठ आया और नौ सौ का गुना करेंगे तो छः आएगा आंसर है यह प्रश्न दे रहा हूँ कमेंट करके कर बताएं इसका उत्तर क्या है क्वेश्चन नंबर दो दूसरा पहला बना दिए हुए हैं छह को बीस और तीसरा चौबीस को मह को एक सौ बीस है